वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस आज हम देख रहे हैं क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलक इसमें सबसे पहले डोमेन है और परिसर देखेंगे की डेफिनेशन डोमेन यानी प्रांत की डेफिनेशन फलंग के के लिए एक्स का मान फलन की डोमेन या प्रांत कहा लाते हैं ठीक है अब इसके बाद परिसर देखेंगे परिसर के डेफिनेशन परिसर या रेंज किसी फलन के लिए का, का मान फलन की रेंज या कर दाती है ठीक है अब इसके बाद देखेंगे संबंधों के प्रकार ये समझ में आया डोमेन प्रांत डोमेन को प्रांत भी बोलते क्या है किसी फलन के लिए एक से कमान फलन के डोमे या प्रांत के लगता और परिसर क्या है किसी फलन अब कोई फलन है उसका बाय का जो मान देता है वो क्या फलन की रेंज कर लाती है ठीक है अब क्या संबंधों के प्रकाश देखेंगे संबंधों के प्रकार पहला क्या है रिक्त संबंध ऐसे शून्य संबंध भी कहते हैं इसे शून्य संबंध भी कहते हैं सं... रिक्त संबंध रिक्त संबंध को संबंध भी कहते हैं दूसरा सर्वात्रिक सर्वातरिक संबंध तीसरा क्या होता है इकाई संबंध इक्कीस संबंध चौथा फौज क्या होता है स्वतुल्युल्य संबंध पांचवा संबंध शिस्त वाला क्या होता है ये आखिरी संक्राम संबंध पहला रिक्त समुच्चय देखेंगे रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता पर अपन एक बार ऐसे ये बोल देता हूँ ऐसे इसकी डेफिनेशन एक बार ऐसे बोल देता हूँ रिक्त संबंध की समुचे ए से बी पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कर कहलाता है समुच्चय ए से बी पर परिभाषित संबंध आठ रिक्त समुच्चय रिक्त संबंध कर लाता है माना कोई ये एक अवयव है बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है तो ये क्या रिक्त समुच्चय रिक्त संबंध कह जाता है सॉरी बच्चों अब उदाहरण के लिए ले लेते हैं ए इज इक्वल ए बी B इजिकल टू सी अब क्या इसमें दोनों मिल दो रहे हैं क्या एक दूसरे से A टू ए है B है और C और D है ए के अवय B में नहीं मिलती है तो ये क्या रिक्त समुच्चय? गला है अब सार्वत्रिक संबंध ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं इसकी डेफिनेशन लिख लो आप ए से बी पर संबंध आर एक सर्वात्रिक संबंध कहलाता है समुचे ए से बी पर संबंध आर् सर्वात्रिक संबंध कहता है माना ये एक प्रत्येक अवयव है माना एक अवयव है अवयव बी के सभी अवयवों से संबंधित है जो ए है वो क्या बी के सभी अवयव से संबंधित है तो ये क्या सर्वत्रिक संबंध कहलाता है अब तीसरा क्या है इकाई संबंध इसके भी डेफिनेशन ऐसे बोल देता हूँ मैं इकाई संबंध समुचे ई पर परिभाषित संबंध आर इकाई संबंध कहलाता है समुच्चे ए पर परिभाषित संबंध आर इकाई संबंध कहलाता है ठीक है अब इसके बाद अपन देखते हैं स्वतुल्य संबंध ये क्या काम आता है स्वतुल्य संबंध सवाल करने में ये काम आता है स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन लिखेंगे यदि प्रत्येक ए अवयव है कैपिटल ए के लिए तो ए ए अवय होंगे आ तो क्या स्वतुल्य संबंध कह लाता है उदाहरण से देख लेते हैं उदाहरण है माना एजिकल टू ए दो तीन चार है तब संबंध के आ री कल्ट वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर वन थ्री थ्री फोर टू थ्री तो स्वतुल्य संबंध में देखेंगे स्वतुल्य संबंध क्या कहता है ए, ए अवयव है आर का तो यहाँ देखना है वन वन है टू टू भी है थ्री थ्री भी है फोर फोर है तो ये क्या वन वन अवयव है आर का टू टू अवयवे आर का थ्री थ्री अवयव है आर का फोर फोर अवयव है आर का यह है आर में ये सब वैल्यू है तो ये क्या स्वतुल्य संबंध है ठीक है ये फॉर्मूला ये याद रखना है बस ए ए अवयव है आर का ठीक है उसके बाद दूसरा फिफ्थ वाला क्या है समित संबंध ये क्या सवाल हल करने में ये काम आता है ये इंपॉर्टेंट है ए बी अवयव है आर का तब बी एवय होगा आर का डेफिनेशन लिखते जब जब ए बी अवयव है ए का तब समुच्च एम है, एक संबंध आर समित संबंध कहलाता है ठीक है उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण मान A इजिकल टू वन टू थ्री फोर ले लेते हैं अपन तब संबंध R इजिकल टू वन टू टू फोर थ्री फोर टू वन फोर टू फोर थ्री ले लिया ठीक है अब क्या कहता है ये समित संबंध क्या कहता है ए बी अवयव है आर का तो b ए अवयव होगा r का तो इसमें से एक कोई वैल्यू ले लेते हैं अपन वन टू क्या वन टू अवयव है r का ठीक है अवयव है r का यह आर का अवयव है अब क्या अब इसमें देखेंगे इसमें बोला है बी ए अवयव है R का तो आप टू वन है R का ये देखो इसमें है क्या टू वन अवयव है R का ये री तो ये सम्मित संबंध है बस ये याद रखना है ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले क्या स्वतुल्य में क्या था ए ए है आर का ठीक है फिर इसमें क्या है सम्मित संबंध में ए भी अवयव है आर का तो बी ए अवयव होगा आर का ठीक है अब उसके बाद संक्रमण संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध में क्या है इसका फॉर्मूला होता है ए बी अवयव है आर का तो बी सी और व्यव होगा आर का पेन खत्म हो गया रुक गया क्या कहाँ थे ये हाँ। क्या संक्रमक संबंध में क्या है ए बी अवय भी आर का तो बी सी भी अवयव होगा आर का तो ए सी बी अवयव होगा आर का ठीक तो है उदाहरण से देख लेते हैं माना ए इजिकल टू वन टू थ्री फोर है तब संबंध आर इजिकल वन थ्री थ्री फोर वन फोर फोर थ्री थ्री थ्री फोर फोर ठीक है तो आप क्या संक्रमण संबंध के लिए लेंगे अपन, तो क्या है संक्रमक संबंध में क्या फार्मूला ए बी अवयव है आर का तो बी सी अवयव है आर का तो ए सी अवयव होगा आर का ये फॉर्मूला याद रखना है यह फॉर्मूला याद है ना तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अपन हल कर लेंगे और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एग्जाम में जो आने वाले हैं आ सकते वो क्वेश्चन करवाएँगे अब क्या ए बी तो क्या अपन ने वन थ्री ले लेते हैं इधर ए क्या ले लिया वन बी क्या थ्री ले लिया ठीक है यह आर का आप क्या बोला बी अपन ने क्या थ्री लिया तो आप क्या थ्री ले लेंगे और सी हो जाएगा फोर तो ये थ्री फोर भी क्या अवयव है आर का तो अब क्या बोला है वन और फोर वन फोर अवयव होगा आर का इसमें वन फोर भी ये तो ये अवयव है आर का तो ये क्या होगा संक्रमा संबंध ठीक है अब इसी तरह का अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं ये एन बुक है एन बुक में से आता है एग्जाम पेपर इसमें से बनता है तो इसमें सब अब सामने एन सी आर टी बुक रख के पढ़े सभी बच्चों मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है समुच्चय ए में R इजिकल T1, T2, T1, T2 के सर्वांगसम हैं एक संबंध है सिद्ध कीजिए कि की R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध अब तुल्यता संबंध कब होता है जब स्वतुल्य संबंध भी हो भी संबंध हो और संक्रमक संबंध भी हो ये तीनों होते तो क्या होता है ये तुल्यता संबंध कह जाता है ठीक है अब अपन देखते हैं उदाहरण सेकंड ये इंपॉर्टेंट है क्या दिया है A इक्ल टू एज इक्ल टू टी वन टी ठीक है अब क्या बोला है इन्होंने T1 वन और क्या आर इजिकल टू।, टू टी वन टी टू के सर्व सम है ठीक है पह पहले क्या स्वतुल्य संबंध के लिए देखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए इसका सूत्र क्या है ए ए अवयव है आर का ठीक है अब देखेंगे T1, T1, अब अव है R, का अब क्या टी वन टी के सर्वांगशन अब जो T1 है वो T2 टू के सर्वांगशन तो क्या T1, T1 के भी सर्वाशम होगा ठीक है कैसे होगा अब क्या अब क्या ये पता है अपन को प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है ये हमें पता है तो क्या T1 T2 के सर्वांगसम है तो T1 T1 के सर्वांगसम होगा तो ये क्या स्वतुल्य सम्बन्ध है अब ऐसे ही सेकंड के लिए देखेंगे सेकंड क्या है समित संबंध के लिए अब समित संबंध का सूत्र क्या ए बी अवयव है आर का तो B ए अवय भी होगा और अब क्या बोला इन्होंने T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 T1 के सर्वांगसम होगा क्यों होगा क्योंकि त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है सर्वा तो टी वन टी टू भी क्या सर्वांगसम होंगे एक दूसरे के तो क्या है? ये भी सम्मेल संबंध है अब क्या है? तीसरा संक्रमक संबंध के लिए अब संक्रामक संबंध में क्या है ए बी अव्यवय आर का ये सूत्र याद रखना है तो बी सी अव्यवय आर का तो क्या होगा ए सी अब यह होगा R का तब क्या है टी क्या है T2 के सर्वांगसम है तो T2 T3 के सर्वांगसम होगा तो क्या T1 T3 के सर्वांगसम होगा क्यों होगा क्योंकि हमें पता है त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है ठीक है तो T1, T2 के सर्वांगसम होगा और T2, T3 के सर्वांगसम है तो T1, T3 के भी सर्वांगसम होगा तो ये क्या संक्रमण संबंध है ये तीनों हैं तो ये क्या यहां तुल्यता संबंध होगा इसलिए ये तुल्यता संबंध होगा ठीक है अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 में देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 इसमें क्वेश्चन निर्धारित कीजिए कि की क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक तुल्यता संबंध तुल्यता संबंध सम्मित संबंध तथा संक्रमण संबंध है अब क्या पहला क्या ए इजिकल टू वन टू थ्री थर्टीन फोर्टीन में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। आर इजिकल टू एक्स वाई थ्री ये अब क्या अपन इसमें भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ सकते वही करवाएंगे अपन यहाँ सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है प्राकृत संख्या के एन प्राकृत संख्या के एन में आर इजिकल टू तो एक्स वाई वाई इजिकल टू तो एक्स प्लस फाई तथा एक्स छोटा है चाय से द्वारा परिभाषित संबंध आर है ठीक है अब क्या है पराकृत संख्या बोला तो प्राकृत संख्या क्या है एक दो तीन तीन तक ठीक है क्यों क्योंकि क्यों एक्स क्या है चार से छोटा है ठीक है अब क्या है आर क्या बोला इन्होंने? X बाय बाईजिकल टू तो एक्स प्लस फाइव तथा x छोटा है चार से तो क्या करेंगे X का मान अपन एक रख देंगे तो कितना आ जाएगा वाई कमान सिक्स यहाँ क्या एक से रख... कमान एक रखा अब एक्स कमान टू रखेंगे ये एक्स कमान टू रखेंगे तो वाई कमान सेवन आ जाएगा फिर एक्स कमान थ्री रखेंगे तो वाई कमान एट आ जाएगा ऐसे तो ये आर इजिकल टू एक्स का मान वन रखा तो वाई का मान सिक्स है फिर एक्स का मान टू रखा तो बाई का मान सेवन आया एक्स से का मान थ्री रखा तो बाय का मान एट है ठीक है कैसे यहाँ बोला है उन्होंने एक से क्या है चार से छोटा ठीक है।, है तो अपन ने कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी ले ली वन टू थ्री क्योंकि एक्स क्या है? चार से छोटा है तो तीन तक अपन ने वैल्यू ले ली फिर क्या एक से की जगह वन पोर्ट कर दिया टू थ्री तो वाई अपने पास आ गया तो आर इजिकल टू एक्स वन रखा तो सिक्स आया टू रखा एक्स तो सेवन आया वाई थ्री रखा तो एट आया ठीक है आप अपने से देखेंगे स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए देखेंगे हमें पता है फॉर्मूला क्या है a ए, ए अवय R का तो आप इधर देखेंगे वन है वन वन वन है क्या अवयव R का नहीं है टो टू देख लो टो टू है नहीं है तो ये क्या अपन को ये वैल्यू देना है पहले वन वन देखेंगे एक ही जगह बंद रखा और बंद रखा तो वन वन है क्या इसमें नहीं है तो क्या आर का उपयोग नहीं है टू टो रखेंगे टू टो भी नहीं है तो ये क्या स्वतुल्य सम्बन्ध नहीं है अब इसी प्रकार सेकंड वाला क्या अपन को देखना है सम्मित के लिए तो सम्मित के लिए देखेंगे सम्मित संबंध के लिए सब में के लिए देखेंगे हमें फॉर्मूला पता है ए अवयव है ए भी अवयव है आर का तो बी ए अवयव होगा आर का तो अब क्या ए की जगह अपन वन रख देंगे बी की जगह टू अवयव है आर फिजिकल टू एजिकल टू वन टू बीजिकल टू टू एजिकल टू वन अब ये आर का ये क्या आर में इसमें है क्या नहीं है अब एक देख लेते हैं इसमें क्या दिया है वन सिक्स टू सेवन थ्री है तो वन सिक्स ले लेते हैं ए क्या ले लिया वन बी क्या ले लिया सिक्स ये अवयव है आर का है hey, परंतु सिक्स वन अवयव नहीं है आर का सिक्स वन है क्या इसमें नहीं है बस क्या one, six है वन सिक्स है सिक्स वन नहीं है तो ये क्या समय सम्बन नहीं है ठीक है अब ऐसे थर्ड के लिए देखेंगे संक्रामक संबंध के लिए हमें फॉर्मूला पता है ए बी अव्यव्य आर का बी सी अवयव है आर का तो ए सी अवयव होगा आर का तो अपन अब ऐसे देख लेते हैं ए अपन वन मान लेते हैं बी क्या सिक्स मान लेते हैं ए वन मान लिया हमने बी को क्या सिक्स मान लिए ये रख देते हैं ये क्या अवयव है R का अब क्या इधर सिक्स वन है क्या से कोई वैल्यू है ही नहीं कोई वैल्यू नहीं है मान लो सिक्स C भी क्या वन मान लियो अवयव है R का है क्या नहीं है आर में तो वन वन है आर का अब इसमें वन वन भी है क्या नहीं है तो ये क्या नहीं है तो ये क्या संक्रमण संबंध नहीं है ठीक है ये यह न तो स्वतुल्य संबंध है न सम्मित संबंध है और ना ही संक्रमण संबंध है योग आंसर ठीक है इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्या है? सिद्ध कीजिए कि की वास्तविक संख्या के समुच्चय R में आर इजल टू ए बी ए छोटा और बराबर है बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है समित है और ना ही संक्रामक है तो ये हमें प्रूफ करके बताना है ठीक है ये और देख लो जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आर इजिकल टू एक्स वाई एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं अब क्या ए है और वाई है वो क्या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो क्या X -X भी एक ही स्थान पर कार्य करेगा और वाई वाई एक्स एक्स एक ही एक स्थान पर कार्य करेगा X -X एक ही है तो x से, से एक से एक ही स्थान पर कार्य करेगा अब क्या बोला इन्होंने x y एक ही स्थान पर कार्य करते एक ही स्थान पर कार्य करते मान लिया एक से एक कोई व्यक्ति है y कोई व्यक्ति है अब क्या एक से एक व्यक्ति है निखिल अब वो क्या मान लो निखिल है ये क्या एक जगह काम कर रहा है और अपन को स्वतुल्य में क्या है फॉर्मूला ए ए अवयव है R का तो क्या एक से एक से अवयव है R का है क्योंकि एक से एक ही व्यक्ति है जो एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है ठीक है तो ये स्वतुल्य संबंध है फिर क्या बोला एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं अब क्या ये एक्स निखिल है और ये वाई मान लो प्रेम है अब ये क्या एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो वाई एक्स एक ही स्थान पर कार्य करेंगे करेंगे ना सम्मित संबंध में क्या है फॉर्मूला ए पी अवय है आर का तो बी ए अवय होगा आर का तो ऐसा ही यहाँ हो रहा है ये निखिल और प्रेम एक ही स्थान पर कार्य करते तो प्रेम निखिल अपन कैसे भी कह दो से प्रेम निखिल एक ही स्थान पर कार्य करते इसे क्या ए मान लिया इसे बी मान लिया तो एक से और वाय एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो क्या बी ए भी क्या एक ही स्थान पर कार्य करेंगे तो ये क्या समय संबंध भी है अब क्या संक्रमक संबंध के लिए देखते हैं तो संक्रमक संबंध के लिए क्या है बी एक्स क्या ए है और वाई क्या बी माना तो ए भी अवयव्य आर का तो बी अब सी क्या सी अपन ने कोई मान लिया झेड जो यहाँ काम करता है ठीक है ठीक है झेड अपन ने मान लिया कोई कार्य काम करता है मान लो सुनील है कोई ठीक है सी है झेड क्या है सी है ठीक है ये भी यहाँ काम करता है ठीक है तो एक्स वाई अवयव के आर का तो क्या वाई झेड अवयव होगा आर का झेड भी क्या हमने मान लिया यही कार्य करता है तो क्या एक्स और झेड भी यहाँ पर कार्य कर रहा होगा ठीक है तो ये स्वतुल्य समय और संक्रमा तीनों होगा ठीक है इसी प्रकार ये एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं अब क्या एक से वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो एक से एक से भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे एक्स तो वो खुद ही है तो वो क्या उस मोहल्ले में रहता है तो ये क्या स्वतुल्य संबंध है फिर क्या एक बाय एक से को मान लिया ए बाय को बी तो आपन को क्या पता है सम्मित में ए बी अव्यवे आर का तो बी ए अवय होगा आर का तो एक्स वाई अवय है आर का मतलब एक्स वाई ए एक के मौल्य में रहते हैं तो वाई एक्स भी ए के मौल्य में रहेंगे तो ये क्या समित संबंध भी है अब क्या संक्रमण अब मान लो झेड़ कोई व्यक्ति है वो भी क्या इसी मूल्य में रहता है तो ए बी मतलब ए बी मतलब एक्स वाई अवयव आर का ए के मूल्य में रहते हैं तो वाई और जेड भी ए के मूल्य में रहेंगे तो एक्स और जेड भी ए के मूल्य में रहेंगे तो ये भी क्या तीनों होंगे स्वतुल्य भी होगा समित भी होगा और संक्रामक भी होगा ठीक है अब तीसरा तीसरा क्या एक से वाई से ठीक सात सेंटीमीटर लंबा है अब जो एक से वो वाई से कितना सात सेंटीमीटर लंबा है अब पहले तो देख लेते एक से एक से कितना सात सेंटीमीटर लंबा है वाई से तो पहले हम देखेंगे एक्स x एक अभ्य वे आर का क्यों है क्योंकि 7 सेंटीमीटर है एक्स से और x एक 7 से सेंटीमीटर है तो ये क्या स्वतुल्य होगा पर क्या x y पर क्या ये सम्मित होगा देखते x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है अब ये क्या कह रहे हैं एक से वो क्या वाई से सेवन सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक सेवन सेंटीमीटर लंबा होगा नहीं होगा हमें तो बोला है कि वाई एक से सात सेंटीमीटर लंबा है यहाँ ऐसा थोड़ी नहीं बोला है कि सात सेंटीमीटर लंबा है वाई से एक से तो वाई एक से सात सेंटीमीटर लंबा थोड़ी नहीं होगा y से y x से 7 से सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा तो ये क्या समय संबंध नहीं होगा अब क्या संक्रमक के लिए देखते हैं अब संक्रमक में क्या है संक्रमक संबंध में हमें पता है ए भी अवय होता है आर का तब तो बी सी अवय होगा आर का तो सी ए अवय होगा ए सी अव्यव होगा आर का तब तो देखेंगे ये संक्रमक संबंध है या नहीं अब संक्रमक संबंध है क्या नहीं ये देखेंगे सम्मित तो नहीं है स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध है स्वतुल्य संबंध भी नहीं है सम्मित भी नहीं है और ना ही ये संक्रमक होगा क्यों क्योंकि ए वाय से ठीक ठीक सात सेंटीमीटर लंबा है ठीक है तो y मान लिया झेड है कोई तो y झेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा नहीं होगा तो ये क्या स्वतुल्य सम्मित और संक्रमण तीनों नहीं होगा अब क्या x से वाय की पत्नी है अब x से बाय की पत्नी है अब जो x है वो क्या वाय की पत्नी है अब एक से एक से की पत्नी हो सकती है क्या नहीं तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है अब क्या एक से वाई की पत्नी है तो वाय एक से की पत्नी हो सकती है क्या नहीं तो ये सम्मित संबंध भी नहीं है अब क्या संक्रमक के लिए देखते हैं तो एक से वाय की पत्नी है तो वाई झेठ की पत्नी होगी क्या नहीं होगी तो एक से जेड की पत्नी होगी नहीं होगी हो तो ये स्वतुल्य सम्य और संक्रामक तीनों नहीं होगा ये एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं इसे अब कहाँ थे इधर सेकेंड क्वेश्चन पर सेकंड क्वेश्चन दे। देखेंगे सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R आर में आर इजिकल टू ए, ए छोटा और बराबर है बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आ ना तो स्वतुल्य है ना सम्मित है और ना ही संक्रमण है तो ये हमें क्या प्रूफ करना है तो ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आर क्या है ए बी ए छोटा और बराबर है बी स्क्वायर का ठीक है यहाँ ए क्या है अवय है आर के ठीक है अब क्या स्वतुल्य के लिए देखेंगे स्वतुल्य के लिए देखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए ठीक है अब स्वतुल्य संबंध के लिए देखेंगे तो ए छोटा है बराबर है बी स्क्वायर तो क्या ए अब हमने मान लिया वन अपॉइंट टू है तो बी भी वही होना चाहिए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा वन अपॉइंट टू छोटा और बराबर है वन अपॉइंट फोर के परिधय क्या वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू अवयव नहीं R का तो ये क्या स्वतुल्य संबंध नहीं है क्योंकि हमें पता है सूत्र क्या है A A अवयव है आर का तो ये क्या सेम वैल्यू नहीं आ रही है क्या आ रही है सेम वैल्यू नहीं आ रही है वन अपॉइन्ट टू वन अपॉइंट टू अवयव नहीं है R का ठीक है तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा फिर इसी प्रकार सेकंड वाला सम्मित के लिए देखेंगे सम्मित संबंध नहीं के लिए के लिए सम्मित संबंध के लिए देखेंगे अब क्या सम्मित संबंध के लिए वही ए पी बड़ा है बी स्क् तो ये क्या हम वन रख देंगे और बी क्या टू रख देंगे तो वन टू रख देंगे तो इधर क्या वन और टू अब आर का इधर क्या आ रही है फोर आ रही है फोर आ रही है, ठीक है अब इधर देख लेते हैं अपन दूसरा अब क्या ए की वैल्यू क्या रख दी टू रख दी ये फॉर्मूला देख के वो चलना ए बी अव्यव आर का तो बी ए अवय होगा आर का ठीक है तो अब क्या ए भी अब देखे आर का ये फोर आया अपन ने क्या ए क्या बन रखा और बी क्या टू रखा तो आप देव है आर का है अब क्या ये इस मेथड को भी फॉलो कर रहा है इस रूल को ए क्या छोटा है और बी क्या बड़ा है ए से है ठीक है अब क्या बी अपन ने टू रख दिए तो ए क्या बी क्या बंद रख दिया ठीक है तो अब ये क्या टू बड़ा और बराबर है बन के तो ये क्या इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो टू बन अवयव नहीं होगा और का तो ये क्या समिटन नहीं है इसी प्रकार संक्रमक के लिए देखेंगे संक्रमक संबंध के लिए अब संक्रमक संबंध का फॉर्मूला क्या है ए बी अवयव है आर का तो बी सी अवयव होगा आर का तो ए सी अवयव होगा आर का ठीक है तो इसी प्रकार देखेंगे ए छोटा बराबर है बी स्क्वायर के तो ए अपन ने क्या रख दिया टू रख दिया और बी माइनस थ्री रख दिया तो क्या होगा दो माइनस तीन अब यह है आर का और फिर क्या फिर बी क्या थ्री है थ्री और ये मान लिया वन अपन ने सी को तो ये क्या माइनस थ्री बड़ा है एक से माइनस से छोटा है वन से ये भी इसको परिभाषित कर लिया है अब क्या है तीसरा ए क्या रखा टू रखा और सी क्या है वन है तो क्या टू वन अभी होगा आर का नहीं होगा क्योंकि दो छोटा और बराबर है बी के पर बी हमारा क्या आ रहा है वन आ रिया है दो से छोटा है इसके लिए ये संक्रमण संबंध नहीं है हमें ये क्या प्रूफ करना था ठीक है समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना एक और बार समझा देंगे अब इसी प्रकार फोर्थ वाला अपन देखेंगे फोर्थ वाला भी इम्पोर्टेंट है तो वाला क्या है सिद्ध कीजिए कि की आर में आर इक्वल टू ए बी ए छोटा और बराबर है बी के द्वारा परिभाषित संबंध आ स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु समित नहीं है अभी हमें क्या प्रूफ करना है तो प्रूफ करेंगे इसे कैसे करेंगे R एजिकट तो इन्होंने क्या दिया ए बी ए छोटा और बराबर है B के ठीक है यहां ए बी अव्यव है R के तो आप क्या पहले अपन शतुल्य के लिए देखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए तो हमें पता ए है ए या आर का ये फॉर्मूला इसका और ये कंडीशन को भी फॉलो करके चलना पड़ेगा अब ए क्या रखा अपन ने बंद रख दिया और बी क्या रखा बी भी हमने बंद रख दिया रख सकते हैं क्यों क्योंकि ए बन रखा तो बी क्या छोटा और बराबर है बी के तो बी वन रख दिया हम हमने तो क्या वन वन अव्यव है आर का हमें यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन में यही दिया है कि स्वतुल्य संबंध है सम्मित संबंध स्वतुल्य और संक्रामक संबंध है परंतु सम्मित संक्रामक सं... संबंध सम्य संबंध नहीं है अब क्या ये स्वतुल्य संबंध है।, है अब इसी प्रकार सेकंड सम्य संबंध है के लिए अब क्या समय संबंध क्या कहता है ए बी अवयव आर का बी तो ए अवयव होगा आर का तो हमें ये कंडीशन भी फॉलो करके चलना है ए छोटा और बराबर बी के तो ए हमने क्या रख दिया वन रख दिया और बी टू रख दिया ठीक है बी क्या रख दिया टू रख दिया तब क्या ए बी अब है आर का ठीक है अब क्या बी ए बी ए हो सकता है क्या तो एक्वल टू बी ए अब क्या दो बड़ा है एक से ना बराबर है ना बड़ा है तो टू वन अवय नहीं होगा और का तो ये क्या समीर संबंध नहीं है ठीक है तो क्या वन से बड़ा है पर इधर क्या बोला है ये कंडीशन में कि वन कंडीशन में क्या बोला है ए छोटा और बराबर है पी के वही देख्या ये बड़ा और बराबर है बी के आ रहा है तो क्या ये कंडीशन गलत ही है और हमें क्या ये सब संबंध नहीं कहलाएगा ये सब संबंध नहीं कहलाएगा अब ऐसे संक्रमक के लिए देखेंगे संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक संबंध के लिए हमें पता है। क्या कहता है संक्रामक संबंध ए भी बी है आर का बी सी है आर का तो ए सी अवयव होगा आर का और ये कंडीशन भी हमें फॉलो करना है ए अपन ने क्या मान लिया वन बी क्या मान लिया टू मान लिया ठीक है तो क्या ए बी अब ये आर का ठीक है अब क्या अब ऐसे ही यहाँ कंडीशन फॉलो करेंगे B क्या मान लिया 2 मान लिया मतलब बी टू हो गया और छोटा बराबर है C क्या मान लिया 3, तो ये क्या टू थ्री भी अवयव होगा R का क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो कर लिया दो छोटा और बराबर है तीन के ठीक है अब ऐसे ही देखेंगे तो क्या होगा वन थ्री वन छोटा और बराबर है थ्री के तो वन थ्री अब यह होगा R का तो ये क्या संक्रमण संबंध होगा ये हमने प्रूफ कर दिया और ये क्वेश्चन में से ये लाइन लिख देंगे संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है ठीक है ये हर क्वेश्चन के बाद ये जो लाइन दी गई है ये इतनी लाइन लिख देंगे प्रूफ करने के बाद ठीक है। फिर उसके बाद ट्वेल्थ वाला देखते ट्वेल्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ क्या क्वेश्चन ट्वेल्व क्वेश्चन देखते हैं सिद्ध कीजिए कि की समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर इजिकल टू टी वन टी टू के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है अब उन्होंने क्या कह दिया R क्या तुल्यता संबंध है ठीक है बुझाए तीन चार पाँच वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजाओ पाँच बारह तेरह वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओ छ आठ दस वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कीजिए T1, T2 टी, टी और टी में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं ठीक है तब 12 क्वेश्चन करेंगे क्या बोला इन्होंने आर इजिकल टू पहले तो ऐसे लिख देंगे ये जो क्वेश्चन में लिखा है T1, T2, T1, T2 के समरूप है ठीक है समरूप है, अब क्या स्वतुल्य के लिए देखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए ठीक है अब स्वतुल्य संबंध के लिए क्या टी अवयव है एक का मान लिया तो क्या टी टी अवय होगा R का ठीक है टी टी अवय होगा R का अब अभियान नीचे लिख भी देंगे काई के लिए है ये कोई भी त्रिभुज स्वयं के समारोह होता है यह हमें पता है कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है ठीक है इसलिए आर क्या स्वतुल्य संबंध है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है हम इसके बाद समित संबंध के लिए देखेंगे समित संबंध के लिए क्या है? टी वन टी टू अवयव एक है ठीक है तो टी वन टी टू समारोह है टी वन टी टू के समारूह हैं तो क्या टी टू टी वन के समारोह है तो क्या T1 T2 टी टू अवयव है आर का तो T2 T1 टी वन काव्य होगा इसलिए R समित संबंध है क्यों है T1 T2 टी टू क्या समारूप है तो T2 T1 भी क्या समरूप होगा इधर क्वेश्चन में बोला है ना T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा क्यों होगा कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है यह हमें पता है इसके लिए T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा ठीक है तो क्या सम्मित संबंध है अब इसी प्रकार तीसरा संक्रमक के लिए देखेंगे संक्रमक संबंध के लिए ठीक है अब संक्रामक संबंध के लिए क्या T1 T2 T3, थ्री अवयव है कई के एक के तो क्या हमने बोला था T1 T2 के समरूप है तो क्या T2 T3 के समरूप होगा T1 T2 T3, टू टी थ्री, थ्री अवयव है आर का तो क्या T1 T2 के समारोह के T1, T2 के समारोह हैं तो क्या T2, T3, T2, T3 के समारोह हैं तो क्या होगा T1, T3, T1, T3 के समरूप होगा इसलिए आज संक्रमक संबंध है अथा स्वतुल्य भी है समित भी है और संक्रामक भी है इसलिए क्या यह अथा यह तुल्यता संबंध भी होगा ठीक है अब क्या ये ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है ये दो ही है ये तो कर लोगे मान लीजिए कि समुचे वन टू थ्री फोर में वन टू टू टू वन वन फोर फोर वन थ्री वन थ्री थ्री थ्री थ्री टू द्वारा परिभाषित संबंध आर है निम्नलिखित में से सही उत्तर दीजिए हमें पता है देखना है कि ये स्वतुल्य समय संक्रमण है क्या नहीं पहले स्वतुल्य के लिए देखते वन वन है, है इसमें टू टू टू टू भी है थ्री थ्री भी है तो ये क्या स्वतुल्य संबंध होगा ठीक है अब हमें पता है स्वतुल्य संबंध क्या होता है ए अवयव है आर का तो वन वन अवयव है आर का टू टू भी अवयव है आर का तो ये क्या स्वतुल्य संबंध होगा एक भी मिल जाता है ना तो ये क्या स्वतुल्य संबंध होता है अब क्या संक्रमक के लिए देखेंगे समित के लिए समित संबंध में क्या होता है ए भी अवयव है आर का तब बी ए अवयव होगा आर का ठीक है तो देखेंगे ए बी तो वन टू अवयव है आर का ए बी अवयव है आर का वन टू अवयव है आर का तो क्या टू वन अवयव है अवयव है आर का टू वन है क्या अवयव इसमें है क्या टू वन नहीं है तो क्या ये समय संबंध नहीं होगा अब क्या संक्रमक के लिए देखते हैं तो संक्रमक के लिए क्या देखेंगे ए बी अव्यव्यार का तो ए क्या अपन ले लेते हैं ए बी ए को मान लिया 1, ए को मान लिया हमने 1 और बी 2 ले लिया अब क्या ए भी अवयव R का है पर क्या टू बी आ, बी सी तो B क्या होगा? 2, और C भी 2 होगा, गया है तो बी अवयव है R का ठीक है तो ए सी ए सी भी अवयव होगा R का तो 1 2 है ना 1 2 है इसमें जैसे ए बी अवयव है आर का तो क्या बी बी सी अवयव होगा आर का तो ए सी अवयव है आर का ठीक है तो क्या इधर क्या वन टू ले लिया ठीक है अब बी क्या है टू है और सी सी क्या 2 है तो अव्यव R का ये भी है 2 2 भी है इसमें अब क्या A क्या है? 1 है और C क्या 2 है ये है R का तो ये क्या 1 2 भी है इसमें आ, तो ये क्या संक्रमक संबंध होगा तो इसमें ऑप्शन में देख लेंगे R स्वतुल्य है सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं है तो ये नहीं होगा दूसरा ऑप्शन है आज स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है हमारा क्या है स्वतुल्य हमने देखा है संक्रमक है पर क्या है सम्मित नहीं है तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा ऐसे ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, तो ऐसे अपन को करके देखना है। रफ वर्क में और इसे टिक कर देना ठीक है सही आंसर पर मान लीजिए कि समूचे एन में आर इजिकल टू ए बी ए इजिकल टू बी माइनस टू बी बड़ा है सिक्स से द्वारा प्रदर्ट संबंध आर है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए अब क्या ए इजिकल टू बी माइनस टू और बी क्या है छः से बड़ा है तो बी हम क्या रख देंगे बी हमने एट रखा तो ए कितना आएगा सिक्स आएगा पहले क्या सिक्स से बी क्या बड़ा है कॉमन सेंस वाली चीज़ है ये क्या? क्या है बी क्या है सिक्स से बड़ा है तो बी अपन को ऐसी वैल्यू रखनी है सेवन रखेंगे सेवन रखेंगे तो सेवन में से टू जाएगा तो कितना फाइव तो ए क्या फाइव है ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें नहीं है अब क्या एट रख के देखते बी की वैल्यू एट रखेंगे तो एट कितनी एट रखेंगे तो ए कितना आएगा सिक्स आएगा तो सिक्स ओवर एट है ए कितना होगा? सिक्स है और बी कितना एट रखा अपन ने तो क्या है सिक्स है तो ऑप्शन सी सही है ये एग्जाम में पूछ सकते हैं इम्पोर्टेंट है ये सिस्त वाला ऑब्जेक्टिव ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो कल नेक्स्ट वीडियो में आप 1.2 देखेंगे और 1.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ठीक है इसका रिवाइज करो 1.2 का बच्चों आगे हम देखेंगे 1.2, ठीक है थैंक यू